नमस्कार दोस्तों मैं माधव बराल आपको मेरा ये YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ आपको पता है दोस्तों मेरे इस चैनल में आने वाले हर वीडियो इंफॉर्मेटिव होते हैं इसी क्रम में आज इंफॉर्मेटिव और एक यूजफुल वीडियो लेके आप लोग के पास आया हूँ दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा तो देखे आप, देख आप चौ जाएंगे दोस्तों जी हाँ दोस्तों तरबूज यानी वाटर मेलन इस फल के बारे में विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो में शेयर करेंगे इसके फायदे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे हिंदी मणिपुरी और उर्दू में तरबूज कहा जाता है बांग्ला और आसामीज में तरमूज कहा जाता है गुजराती में इंद्रक मिजो में डाउनफॉ कन्नड़ा में कलंगड़ी बल्ली तेलगु में एरिपुच्छा मराठी में काड़ू बृंदावन और इंग्लिश में वाटर कहा जाता है इस तरबूज का वैज्ञानिक नाम है सिट्रोलस लेनेटस राजस्थानी उपभाषा में मेटिरा हरियाणा में हदवाना इन्ही नामों से जाना जाता है विदेशों में ये महंगे और कीमती फलों में गिना जाता है दोस्तों तरबूज के फायदे एक एक कर बताने से ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर भी संक्षिप्त रूप में पूरी जानकारी आपके सामने इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं तरमुज हृदय रोगों के लिए फायदेमंद है महिलाओं के लिए विशेष लाभप्रद है पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है पेट के समस्याओं के समाधान के लिए फायदेमंद है वजन घटाने के लिए फायदेमंद है शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए फायदेमंद है कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होने के कारण यह फायदेमंद होता है डिहाइड्रेशन से शरीर को बचाए रखता है जैसे कि डिहाइड्रेशन से होने वाले लक्षण कब्ज पेट के समस्या बीपी, पी सिर दर्द चक्कर आना आदि से राहत मिल जाता है तरमूज का जूस भी पिया जा सकता है ये पेट को ठंडा रखता है दमा के रोग में लाभप्रद है बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी फायदा पहुंचाता है हड्डी और मसूड़ों के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होता है दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि तरमूज एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो खतरनाक फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर सकता है और कैंसर जैसे खतरनाक रोगों को रोक सकता है इसमें पाए जाने वाला लाइकोपिन से केमोथेरापी के दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सकता है तरमूज में पाया जाने वाला साइट्रोलाइन नार्लम को भी दूर कर सकता है तरमूज से एंटी गुण तो मिलते ही हैं और साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है ये पाचन प्रणाली को ठीक करता है आंतों को स्वस्थ रखता है इसमें पाया जाने वाला विटामिन बी सिक्स पॉजिटिव एंटीबॉडी गठन करने में मदद करता है और विटामिन ए अंदरूनी इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है इसके अलावा भी तरमूज का सेवन अगर हम सीजन भर करने से और भी फायदा मिल सकता है जैसे रक्त विकार में लाभप्रद रक्त वृद्धि सूखी खांसी में लाभप्रद इसमें विटामिन ए बी, सी और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किडनी के लिए फायदेमंद है शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ाता है प्रेगनेंसी में भी लाभ मिलता है आँखों की समस्या में भी लाभ मिलता है डायबिटीज में भी फायदेमंद है शारीरिक क्षेत्र में तो फायदा देता ही है दोस्तों ब्रेन के लिए भी ये तरम फायदेमंद है हमारे शरीर के हैप्पी हार्मोन कह जाने वाले डोपामिन और सीरोटोनिन जैसे अनेकों पॉजिटिव हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है साथ साथ इसमें पाए जाने वाला लाइकोपिन ब्रेन के फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देता है जिससे हमारा ब्रेन और शरीर कैंसर जैसे घातक रोगों से बच जाता है मगर दोस्तों तरबूज सुबह या दोपहर को ही खाना चाहिए रात को तरमूज खाना ठीक नहीं माना जाता है दोस्तों तरबूज के मौसम में अपना ब्रेकफास्ट या दोपहर में तरबूज को अपने आहार में शामिल किया जा सकता है तरबूज का जूस भी पिया जा सकता है या सलाद के रूप में भी तरमूज को यूज किया जा सकता है